तो दोस्तों वाले सो सो का दे मेरे नाम है आप लोग द क्रोनिस गेमिंग चैनल चैनल को जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करके आप पे पुश कर थी, थीकर? थीकर? थीकर दे ठीक है गाइस मैंने इस वीडियो में कहा था कि मैं केवल दे इसका पार्ट 2 लेने वाला हूं ठीक है सो गाइस ये आगे पार्ट 2 सो लेट्स टू स्टार्ट सो गाइस ठीक है हम तो गुस्सा नहीं का ठीक है कंट्रोल करके चला जाए ठीक है ठीक है करो करो ओके ओके ओके ओके, ओके, ओके, से आगे है तुम नहीं नहीं सकता ठीक है आसन के लिए बहुत मुश्किल बनाने वाले ठीक है गेम को इसीलिए कंट्रोल करना चाहिए गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ठीक है अब ऐसे में गुस्सा आता है ठीक है ये चलता ही नहीं ऐसे ठीक पर पर, पर पर चलते रहे तो अच्छा होता है ठीक है The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C. S. Lewis. दिखाना है इसलिए मी हफ्ते में इस बात की आप लोग मी हफ्ते के एक लाइक सब्सक्राइब और दस मिनट के साथ शेयर करते रहें ना ठीक है? ओके ओके ओके ओके ओके यहां तक तो हम बहुत इच्छुक बहुत फ्रेंड ठीक है? सुबह सुबह कुछ ओके ओके ओके कुछ सम निर्धारित कट्रोल कट्रोल ओके ओके ओके थैंक यू यस बहुत हार्दिक नमस्कार एचएम मीटर 28 एचएम मीटर तक डेटा इधर इशोवे हो गया ना ना ना वीडियो कैमरा ओके ठीक स्क्वायर कर सकते हैं इसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे तो इसको ऐसे कैसे अभी अभी गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं भाई गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं ओके ओके ओके ओके ओके शांति शांति शांति आराम से सॉरी okay, so यार फिर ऊपर मैं नहीं जा सकता जा तो सकता पर बहुत बहुत बहुत मुश्किल होता है ठीक है अब ये लेवल ही नहीं करता है तो मैंने शिक्षार बनाने का क्या फायदा यार वो भी है सो ओके so, okay, इसको ऐसे है ठीक करते ठीक है, है, ओके ओके ओके ओके, ओके ओके ओके ये इसमें इसमें साथ मेरे पास नहीं माउस इसको, से इसके लिए ज्यादा घूमना पड़ता है ना इसलिए ओके सो इसको Okay okay okay Cookie Cookie okay okay Okay okay okay okay Okay okay okay okay, okay. okay, okay, okay. okay, okay, okay. I feel within me a peace above all earthly dignities a still and quiet conscience William Shakespeare So guys mai top pe aa chuka theek hai ab both rickshi hai theek hai ooh okay okay okay is matlab hum idhar upar se bhi jaate theek hai ooh ooh do not stand at my grave and cry i am not there i did not die फ्राई। सो फिर तीन बार हो चुका है ठीक ठीक है? है है? अब अब फिर से देखते हैं क्या हालत होता तो अच्छा यार भाई। तीन चुका यार। तीन बार से नीचे कर चुका है क्या है बोला है? आप कुछ भी में नहीं दिखाई तीन चार बार ये बाउंस अभी इसका कुछ पहुंचोग नहीं नहीं भाई ओके okay, अभी आगे, आगे ओके दो बार ठीक है फिर से हो गया ऐसे ये तो मेरे आता है है ठीक ये तो बहुत आसान है फिर से अब ये ये मुश्किल है ठीक है ये मुश्किल है ओके ओके ओके to be it is to be okay army ko aise kar leta a gaya abhi abhi kya yaar ka kya hota hai phir picture picture to live is to suffer to survive is to find some meaning in the suffering friedrich nietzsche सो कि में के बाद ऊपर एक डिसीजन और ठीक सिखा दी गैन क्या सिखा ठीक है आप लोग तो को दिखाता है इसको हम कैसे ये लेवल को थोड़ा सा कैसे केवल पार कर सकते क्या बोलते है इस मिशन को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं ठीक है इधर ये रॉक के ऊपर ठीक है थोड़ा सा नहीं हुआ मेरा फिर से ट्राई करता हूँ ठीक है चौबा महीने इसको बिठा दिया ठीक है इधर अब उसका कही ना कहता ठीक है हमको इसको इधर इधर इधर रखती है और इसको क्लिक करना ठीक है स्लोली स्लोली इसको हमको अभी गिर गया यार फिर से इसको, इसको करता okay, okay, okay, okay. उधर भी ओके ओके, ओके ओके सो इसको यार थी? ये थे यहाँ इस ऊपर ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ठीक है ठीक है स्लोली क्या बोलते हैं इसको अप, आप, क्या बोलते इसको उठाना है ठीक है इसको ऊपर तक ले आना है ठीक है इसको ऊपर तक ले आना है ठीक हमको लेना होगा ठीक है ऊपर उठाना है ठीक है इसको ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है ठीक है अभी अभी अभी अभी अभी अभी अभी ठीक है ऐसी चाहिए था वो तो वो स्टैंड बनाते ठीक है ओके फिर से फिर से आगे आगे यार फिर से फिर सेकंड दे यार गाइस मैं पहुंच गया था, था फिर से क्या हो गया, गया? एक बार तो पहुंच ही गया था ठीक है फिर दूसरा बार मैं पहुंचा था फिर से क्या हो गया ठीक है फास्ट फॉरवर्ड अलग दुनिया में गिर गया मैं तो खेता तो अलग दुनिया में गिरा अब ये दुनिया है ये ना लड़िया बार इधर में आई इधर पहुंच जाता है फिर ये हमको दिखाते हैं बढ़िया मैं लगा सिलेंडर लग गया एलसीएम तेजी में लाफ कर लेंगे डायरेक्ट कर सकते हैं देन फिर इसी सेट कर दिए ठीक है दो बार तो में चांस से किया ठीक है गाइस मैं इधर तक आप ठीक चल तक आ चुका हूं ठीक है ये इसके तक ओके ओके ओके ओके देन इसको इधर तो बट बट अबे यार ये है ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके फिर से मेरे को दो बार नजारा दिख चुका है ठीक है तीन बार पर मैंने नहीं किया था ठीक है और ऊपर और ऊपर ओके ओके ओके ओके ओके दे अभी, अभी, अभी अभी, यार इधर अटक गया यार अभी अब ये पीछे यार फूटा यार पूछा था यार इसके वजह से यार हट यार एग्जैक्ट पोजिशन आन हो रहा है फिंगर पे बहुत बहुत बहुत पेन ठीक है ओके यार नीचे नहीं यार ये बहुत अच्छा आदमी है ठीक है यार लोटा वाला बहुत अच्छा आदमी है ऐसे ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर से ओके ओके मर यार यार इतना गुस्सा आ रहा है यार क्या ऐसे ऐसे ऐसे ठीक है ऐसे ऐसे ऐसे ओके ओके ओके vidna taktaave mein this crisis ah ah to to is the, said, oh, oh, the ah stable stable stable stable hmm then the is oh, crisis yeah. ah guys aa gaya aa gaya aa gaya main main aa gaya main aa gaya guys you all up up sabhi of all said words say, of tongue or pen the saddest of these it might have been john greenleaf I saw. I saw <pleasure>